हेलो दोस्तों क्या आप रोज़ किसी बात को लेकर कृत संकल्पित होते हैं किसी बात को लेकर डिटरमाइन करते हैं अपने दिमाग में कि आज हमें यह चीज़ करनी है किसी बात का कॉन्सट्रेशन करते हैं और वो चीज़ आप पूरी नहीं कर पाते हैं फिर दिन खत्म होने पे आपको बहुत बुरा फील होता है कि आज हम अपने इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब के बेहद एक खास चैनल एस्ट्रोविद आशीष पे दोस्तों आज इस खास योग की विधि पर बात करने से पहले बात करते हैं अपने खास तथ्य पर हमेशा की तरह दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी पायलट है जैसिका कॉक्स इवन वो एक प्रोफेशनल ट्रेनर भी हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनके दोनों हाथ नहीं हैं लेकिन फिर भी वो एक बहुत अच्छी पायलट हैं वो अपने पैरों से विमान को उड़ाती हैं और लोगों को ट्रेनिंग भी देती हैं तो दोस्तों जीवन में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है बस ज़रूरत होती है एक मजबूत संकल्प की और वो एक मजबूत संकल्प कैसे आए योग में एक ऐसी विधि है जो आपके माइंड की आपकी बॉडी की एक एकता को खोल देगी आपके संकल्प के प्रति तो चलिए बात करते हैं अपनी उसी खास योग की विधि पर दोस्तों करना क्या है इस योग की विधि को करना कैसे है और इस योग की विधि का समय क्या है आपको सुबह उठते से ही बेड पर आप उठ के बैठे नहीं कि आपको ये विधि पांच मिनट रोज करनी है मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा रोज पांच मिनट आपको करना है लेकिन इस विधि को करने से पहले आपको अपना मोबाइल नहीं देखना है पांच मिनट आप ऐसा कर सकते हैं कोई बहुत बड़ा ये काम नहीं है करना क्या है आपको उठते से ही अपनी नाभी के पास से सारी श्वास को बाहर फेंक देना है जितना आप फेंक सकते हैं फेंक दीजिए और तुरंत नाक को बंद कर लीजिए अपनी आग बंद कीजिए और नाक को तुरंत बंद कीजिए और मन में अपने संकल्प को दोहराते रहिए दोहराते रहिए मन ही मन तेजी से दोहराते रहिए और तब तक अपनी नाक को बंद किए रहिए जब तक आपके शरीर का एक एक हिस्सा वायु प्राण वायु ना मांगने लग जाए इससे होगा क्या कि आपके मन का जो सबकॉन्शियस हिस्सा है जिसे हम अवचेतन मन भी कहते हैं उसकी तह भी खुल जाएगी और उसके एक एक आपके माइंड के तह तक आपका जो गोल है उस दिन के लिए वो पहुंचेगा और आपका माइंड पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाएगा कि नहीं आज इस गोल को पाना है इस गोल को करना है और आपके माइंड का जो एक खास तत्व है ग्रे मैटर वो ज़्यादा रिलीज होता है इस योग को करने से और ग्रे मैटर करता क्या है कि आपके माइंड को इंटीग्रेट करता है किसी भी चीज के लिए तो दोस्तों आप इस योग की विधि को रोज सुबह करिए और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो इसको लेके तो आप कमेंट करिए हम उसका जवाब जरूर देंगे और दोस्तों अगर हमें हमारी योग की और विधियों को आप समझना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट लिस्ट पर जरूर जाइए हमने पूर्व में भी वो योग की विधियां डाल रखती हैं दोस्तों जाते से मैं मैं एक बार आपको योग विधि करके भी दिखा देता हूँ कि करना कैसे आप सुबह उठे बैठे बैठते ही आपको करना क्या है सकल दोहराइए दोहराते रहिए में, तो इस तरह से यह चीज करनी, करनी है और पांच मिनट करनी है ज्यादा नहीं तो दोस्तों आज आपसे लेते हैं विदा और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे चैनल पर पंद्रह हजार सब्सक्राइबर हो चुके हैं और जाने से पहले एक खास रामधारी सिंह जिनकर जी की दो लाइने आपके लिए कि नई कला नूतन रचनाएं नई सूझ नूतन साधन नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तब तक के लिए मुझे दीजिए मिलते हैं अपनी नई योग की विधि में धन्यवाद साधुआ मेरे दोस्तों ज्योतिष की ताकत को पहचानिए इसमें असीम शक्ति है असीम ऊर्जा है इसका लाभ लीजिए कम से कम एक बार समझिए तो कि आखिर ये है क्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए